पेड़ के पत्तों में हलचल है खबरदार से हैं पेड़ के पत्तों में हलचल है खबरदार से हैं शाम से तेज हवा चलने के आसार से हैं ना खुदा देख रहा है कि मैं गिरदाब में हूँ ना खुदा देख रहा है कि मैं गिरदाब में हूं और जो पुल पे खड़े लोग हैं अखबार से हैं चढ़ते सैलाब में साहिल ने तो मुंह ढाप लिया लोग पानी का कफन लेने को तैयार से हैं कल तारीख में दफनाए गए थे जो लोग उनके साए अभी दरवाज़ों पे बेदार से हैं वक्त के तीर तो सीने पे संभाले हमने वक्त के तीर तो सीने पे संभाले हमने और जो नील पड़े हैं तेरी गुफ्तार से हैं और जो नील पड़े हैं तेरी गुफ्तार से हैं रूह से छीले हुए जिस्म जहा बिकते हैं रूह से छीले हुए जिस्म जहा बिकते हैं हमको भी बेच दे हम भी बाजार से हैं ये दो लाइनें आप साथ गा भी सकते हैं जब से वो एहल से आसत में हुए हैं शामिल जब से वो एहल से आसत में हुए हैं शामिल जब से वो एहल से आसत में हुए हैं शामिल कुछ दु के हैं तो कुछ मेरे तरफदार से हैं कुछ हद के हैं तो कुछ मेरे तरफदार से हैं बहुत